गाइस इस लड़के ने कैसी हरकत कर दी जिसे देखकर आप लोग भी दंग रह जाओगे सबसे पहले तो इस रोल को टेप की मदद से टॉयलेट के अंदर अच्छे से चिपका देता है फिर ये रोल को आधा काट कर उसके ऊपर कट लगा देता है और ऊपर एक छेद बना देता है फिर ये उस छेद के अंदर बहुत सारा पीनट बटर लगा देता है यह सब करने के बाद में यह उस रोल को सीट के अंदर अच्छे ऐसी पैक कर देता है फिर दस मिनट के बाद में एक लड़की सीट के ऊपर आकर बैठ जाती है तभी वो फोन आरोप किसी ऐसी बात करने लगती है लेकिन उसे उस कमरे के अंदर में कुछ अजीब दिखाई देता है और रुको असली मजा तो अब आने वाला यह उस टॉयलेट में टेप को देख उन्हें निकालने कोशिश करती है पर ये गलती से सीट का ढक्कन खोल देती है वैसे आपका नाम क्या है कमेंट में जरूर लिख देना